हेलो दोस्तों डीआरसी चैनल में आपका स्वागत है चलिए दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जैसे पीटीटी 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वीडियो को कैसे प्लिप किया जाता है पूरी डिटेल बाई डिटेल बताऊंगा तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप ना करें देखिए यहाँ पे राजस्थान पी टी ऑनलाइन फॉरम के बारे में जो भी डिटेल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे सारी डिटेल इस जो रास्था जो रास्थान है उस पे जाके और यहाँ पे देखे नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं तो डिटेल सारी की सारी इस नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगी और फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा दोनों कोर्स किस हिसाब से, से। चलिए दोस्तों इस चैनल को आपने अगर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल का आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों एक कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों हम अभी शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए यहाँ पर चार ईयर कोर्स है और दो ईयर कोर्स है तो दोनों कोर्स के बारे में जैसे फॉर्म फिलअप करना है तो क्लिक ईयर फॉर बी और बी ए के बारे में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इस पर अपने को क्लिक करना होगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और इनकी जो लास्ट डेट भी है वो इकतीस तीन दो हज़ार बाईस लास्ट डेट है जो स्टार्ट हुए हैं एक मार्च दो हज़ार बाईस से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो चलिए दोस्तों इस पर हम क्लिक हैर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोनों अपने को शो कर रहा है आप जिस पर क्लिक करोगे जिस आप कोर्स को चूज़ करना चाहते हैं हो आप चूज़ कर लोगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये डेट तो दिखाई रहा है यहाँ पे देखिए फिल अप्लीकेशन फॉर्म पर चेक चलान ट्रांजैक्शन और यहाँ पे रीप्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं दोस्तों तो हम करेंगे सबसे पहले फिल फॉर्म पर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है यहाँ पर हमारे को सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिल करना है तो चलिए दोस्तों यहां पर कैंडिडेट का नाम फिल कर देते हैं उसके बाद में उसके फादर का नाम अपने को टाइप करना है उसके बाद में यहां पर डी अपने को सिलेक्ट करना है दोस्तों जैसे डी है ओ डी ओ कर लेंगे उसके बाद में यहां पर ऑनलाइन आई, आई बैंक का चलान इसको हमारे को पेमेंट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देना है दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे को यहाँ पर देखिए मदर का जो नाम है वो दोबारा से यहाँ पे मांगेगा तो यहाँ पे ये डालना मैनेट्री है हमारे को ये डालना है उसके बाद में यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और राइट थंब डालने का बोल रहा है तो हम यहाँ पे तीनों चीज़ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो साइज़ भी बता रहा है कई साइज़ से अपने को अपलोड करना है दोस्तों तो इसमें हम जैसे अपलोड करने पे जैसे यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी है शो नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको सीधा जैसे फ़ोटो शो नहीं कर रही है तो आप यहाँ इसको सीधा नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और थम तीनों चीज़ शो कर जाएगी दोस्तों उसके बाद में लिंक अपने को चैन करना है लिंक के बाद में यहाँ पर मैरिड अनमैरिड आप क्या हैं मैरिड हैं तो मैरिड या अनमैरिड है तो अनमैरिड तो सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर मैरिड हैं तो जैसे हस्बैंट का जैसे नाम फिलिप करना होता है उसके बाद में यहाँ आप कौन से स्टेट से हो वो आपको जैसे स्टेट सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो जिला है जो डिस्ट्रिक है उसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो कैटेगरी कौन सी आपकी जनरल ई ओबीसी नॉन क्रीमलेयर ए सी जो भी है तो ओबीसी बी सी नॉन क्रीमलेयर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में अल्प संख्या से हैं तो आपको यस करना होगा अन्यथा आपको नो करना है उसके बाद में जो ये यहाँ पर आपको विकल्प देख रहे हैं आप इसके एजिलिवल हैं तो यस करेंगे अन्यथा इसको नो ही रहने दीजिए और उसके बाद में आपको इसमें आपके दिव्यांग हैं तो आपको यस करेंगे अन्यथा आपको इसको नो ही रहने दीजिए तो दोस्तों इस हिसाब से आगे अपने को फॉर्म फिलप करना है यहाँ पे अपने का जो रेसिडेंट परमानेंट एड्रेस है वो अपने को फिल करना है इसे आपका एड्रेस पता कुछ चेंज है तो नीचे आप अलग से भी फिलप कर सकते हैं अन्यथा आपको सेम ही एड्रेस फिलप करना है दोस्तों यहाँ पे एड्रेस फिलप करने के बाद में यहाँ पे अपना स्टेट फिर से और यहाँ पर डिस्टिक आपको चूज़ करना है उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट करना है पिन कोड सेक्ट करने के बाद में आपका एड्रेस सेम है तो आप यहीं पे दोबारा से अपना एड्रेस सेम ही चूज़ कर देंगे उसके बाद में स्टेट और यहाँ पे अपना डिस्टिक दोबारा से सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों और पिन कोड दोबारा से सेम ही डाल देंगे उसके बाद में आप अपनी एक ईमेल जो आपकी परमानेंटली चालू होती है वो ही ई मेल यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद में अपने को यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे रखा है ये मैनेटरी है आपको मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों जो भी आपके रोल नंबर पासवर्ड होंगे वो आपको मोबाइल नंबर के द्वारा ही आपको एसएमएस पर प्राप्त किए जाएंगे दोस्तों तो इसीलिए आपके जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है उसके बाद में आपने जैसे पिछले जैसे आप बीएड का बढ़ रहे हैं तो आपने क्या कर रखा है पीछे आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं आपने क्या कॉमर्स है जो भी आपने सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद में आपको बीए कर रखा है क्या कर रखा है ओथर है तो ओथर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने आपने डिग्री जो प्राप्त कर रखी है उस डिग्री के हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों जैसे मैंने आर्ट किया यहाँ पे कॉमर्स भी कर सकते हैं जैसे कॉमर्स करेंगे तो अपने कॉमर्स के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे साइंस करेंगे तो साइंस के हिसाब से यहाँ पर शो कर जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो बीए बीएससी बी एस सी यहाँ पर सिलेक्ट को अपने को देखने को मिलेगा दोस्तों बीए बीएससी इन होम साइंस जैसे यहाँ पे बीएससी हो गया तो इस हिसाब से हम आर्ट करके और इसको बीए बता दिया उसके बाद में बीए के बाद में यहाँ पर अपने के जो अपने पास जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट हमारे को यहाँ पर चूज़ करना है दोस्तों तो जिस हिसाब से हिस्ट्री हो गया अभी इसके अंदर संस्कृत हो गया इसके अंदर जियोग्राफी हो गया ये तीन सब्जेक्ट हमने अच्छे से फिलअप कर लिया और ये भी हमारे को अगर करना है तो कर सकते हैं अन्यथा इसको छोड़ भी दे दीजिए दोस्तों इसके बाद में आप सभी ये हो गया उसके बाद में आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन पी ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने 2022 की जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ध्यानपूर्वक बरिए दोस्तों इसके अंदर कोई गलती ना करें गलती करने से फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है और उसके बाद में आपको समस्या भी हो सकती है दोस्तों यहाँ पर उसके हिसाब से ही जो हमने सब्जेक्ट ले रखा है उसके हिसाब से ही हमारे को सब्जेक्ट चूज़ करना है उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शो करेंगे तो उसमें से आप दो या दो सब्जेक्ट लेने तो आपको मैनेटरी है ठीक है दोस्तों उसके बाद में आपकी इनकम क्या है परमानेंट इनकम जो आपकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर का पूछा गया है तो आपके जो नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर फिलिप कर दीजिए उसके बाद में सेकेंडरी यानी ट्वेल्थ ट्वेल्थ के जो आपने बोर्ड कौन सी थी तो आपको बोर्ड को सिलेक्ट करना है आप जिस बोर्ड से आप टेंथ किया है तो टेंथ और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में टोटल मार्क्स कितने थे वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके बाद में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद में आप राइट क्लिक करोगे तो आपके परसेंटेज शो कर जाएंगे उसी हिसाब से आपको सेकेंडरी <coughs> यानी ट्वेल्थ के आपके जो भी है तो यहाँ पर दो में मैंने किया दो आपके जो टोटल मार्क्स और जितने इस हिसाब से ही ग्रेजुएशन का आपने जो कौन से यूनिवर्सिटी से किया है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में ऑथर से हैं तो ऑथर नहीं तो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं कौन से ईयर में हुआ और कितने आपके मार्क्स टोटल थे और टोटल में से कितना आपको प्राप्त किया और डालोगे तो आपके प्रसन्टेज शो कर जाएँगे उसके बाद में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएसन है तो आप डालोगे अगर नहीं है तो नोट अपलीट कर दीजिए दोस्तों इसके बाद में आप इस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट जैसे आपने पूरा फॉर्म अपलीट कंप्लीट कर लिया है तो आपको अभी क्या है एक बार अच्छे से अपना फॉर्म चेक कर लीजिए उसके बाद में आप आई एग्री पर जैसे ही आपको इस पर क्लिक करके आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो उसके बाद में वेरीफाई का बोलेगा तो आप वेरीफाई करोगे दोबारा से तो वेरीफाई पर जैसे ही आप दोबारा से क्लिक करोगे दोस्तों तो वेरीफाई जैसे ही करने के बाद में यहाँ पे पे ऑनलाइन मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया इसके बाद में आप अपना यहाँ से भी एक बार जो फॉर्म है उसको अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर फॉर्म के अंदर कोई भी गलती रह जाती है तो उसके बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस पे, मेक पर मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यहाँ पर आपको पाँच सौ का चलान पे करना होगा तो इसीलिए दोस्तों आपको यू आप किसी की थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे ध्यान पूर्वक अपनी डिटेल फिलप करनी है दोस्तों तो मैं यहाँ पे देखिए जो डिटेल है वो इसको अच्छे से फिलप कर देता हूँ सिवाई नंबर वगैरह वगैरह सारी डिटेल है वो आपको अच्छे से भरनी है और उसके बाद में आप जैसे ही इसको आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद में आपका रीप्रिंट भी आपको यहाँ से ही प्राप्त होगा दोस्तों चलान नंबर के हिसाब से आप यहाँ से उसके बाद में दोस्तों हमारे पास जैसे यहाँ पे चलान नंबर होगी चलान नंबर और डेट ओवर लगा के प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास पूरी जो फॉरम जो हमने भरा है वो फॉरम सक्सेज हुआ है वो सारी डिटेल हमारे को यहाँ पर छो कर जाएगा दोस्तों और अभी जैसे इस हिसाब से आपको जैसे मैंने बताया है इसको आप अच्छे से आराम से ध्यानपूर्वक दोस्तों भरे और आपको जैसे ही और भी कोई नोटिफिकेशन होगी तो मैं दोबारा से फिर से दे दूँगा और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत इस चैनल को सब्सक्राइब